ऐसे लोग जिन्होंने खिलवाड़ कर दिया इस बंदे को थोड़ा ध्यान से देखेगा ये बंदा गाड़ी के बीचों बीच निकल के चला जाता है भाई इसके मौत का कोई डर ही नहीं है इस महिला की किस्मत को क्या ही कहना ये दोनों गाड़ी के एक्सीडेंट होते और दोनों गाड़ी महिला के पास जाती है महिला बच जाती है यह किस्मत इस बंदे को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये बंदा रूट क्रॉस करने जा रही होता है तभी इसके सामने जितने फास्ट में गाड़ी आगे जाता है इसको टच करके निकल जाता है अगर ये थोड़ा आगे और इसके साथ क्या होता है ये महिला ब्लैक करने जा रही होती है तभी इसका सर बोर्ड में भीड़ने से बच जाता है यह किस्मत है इसकी इस भाई की किस्मत को दाँट देना पड़ेगा इस भाई का सर टायर के नीचे आते आते बच जाता है यह किस्मत इनकी यार